के दिल मेरा चली चली चूरा के दिल मेरा गोरिया चली पोरिया चली पूरा के दिल मेरा कहा तू चली कहा कि दिल फीला